वेलकम टू माई YouTube चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 6.1 पॉइंट वन स्टार्ट कर रखी है हमने इससे पहले हमने तीन क्वेश्चन कर लिए वह मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ठीक है इसमें देखो क्या पूछा गया इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है x प्लस वाई किसके इक्वल है w प्लस जेड के देन प्रूव क्या करना है हमने प्रूव करना है ए इज अ लाइन एक चीज़ याद रखना आप जब लाइन होएगी ना लाइन लाइन मतलब उसके ऊपर जब भी एक लीनियर पेयर बन रहा है जैसा मर्जी लीनियर पेयर का क्या मतलब है किसी एक लाइन पर 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं लीनियर पेयर लीनियर पेयर क्या मतलब है एक लाइन पर एक लाइन के ऊपर जो एंगल क्रिएट हो रही है उन एंगल का सम कितना होगा 180 एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 जब भी लीनियर पेयर बनेगा वो किस पर बनेगा स्ट्रेट लाइन पर ही बनेगा अगर और लीन, स्ट्रेट लाइन होगी वो तो लीनियर पेयर है समझ रहे हो तो बस सिंपल सी कंडीशन है लीनियर पेयर जब भी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही पर ही बनता है अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ गिवन होती है गीवन लिखो क्या है गीवन इसके अंदर गीवन इसके अंदर है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड लिख दिया जो चीज गीवन है गीवन अब डाइग्राम देखो अब आपको पता है हमने प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन मतलब इस लाइन को अब आपको पता है ये लीनियर पेयर है ये पूरा कम्प्लीट एंगल है सबसे पहले कंप्लीट के ऊपर आऊ प्रूव तो तभी करेंगे ना अगर इसको हम ये घोषित कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू वन मतलब लीनियर पेयर अगर इसको हमने लीनियर पेयर बना दिया या इसको लीनियर पेयर बना दिया तो ये क्या हो गया ए ओ बी इज अ लाइन कुछ मर्जी बना लो चाहे इसको नीचे वाले को लीनियर पेयर बना दो 180 डिग्री के इक्वल इन दोनों एंगल्स को चाहे इसको तो क्या करना है आपने गिवन के बाद अब जो प्रूफ है ना हमारा एक तरह का इसके अंदर क्या करना है एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इन सब एंगल ये किसके इक्वल है 360 मतलब इसका रीजन क्या कंप्लीट एंगल कंप्लीट एंगल समझे कंप्लीट एंगल मतलब ये 360 360 डिग्री के इक्वल होता है मतलब कंप्लीट एंगल अब x प्लस वाई हमको बताने हैं मतलब किसके इक्वल w प्लस जेड के डब्ल्यू प्लस z की जगह हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई लिख सकते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू इसकी जगह हमने क्या लिख दिया डब्ल्यू z w x प्लस वाई लिख दिया w प्लस जेड की जगह क्या हम रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री समझ रही हो इतना अब देखो x प्लस एक्स यहां पर 2x आ जाएगा यहां पर आ गया 2y वाई इज इक्वल टू के इक्वल है टू uh, कॉमन ले लो बचा कितना x प्लस वाई एक्स प्लस वाई किसके इक्वल थ्री सिक्सटी के तो एक्स प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई थ्री सिक्सटी डिवाइड बाय टू यहाँ वन आ गया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहां, तो यहां से इसके बाद देखो यहाँ पर x प्लस वाई आ गया 180 डिग्री के इक्वल अब x और y जब भी 180 एट्टी दो एंगल का सम 180 बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर x एंड y आर x एंड y आर लीनियर पेयर और जब भी लीनियर पेयर होता है वो क्या बन जाते थे स्ट्रेट लाइन ठीक है एक्स एंड वाई मेक्स अर पेयर सिंपल सा एंड साई आर मेक्स आर भी छोड़ो एक्स एंड वाई मेक्स अर पेयर और क्वेश्चन में यही पूछ रखा था ना क्या पूछ रखा था एओ बीज अर जब भी यह लीनियर पेयर बनाएगा जब भी यह कोई भी लीनियर पेयर बनाता है वो किस पर होता है स्ट्रेट लाइन पर ही होता है ठीक है तो 180 बना दिया इसका मतलब ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर बनते ही क्या हो गया एक्स एंड वाई मतलब ए ओ बी इज अ देर फोर ए ओ बी इज अन यही क्या आपका आंसर है हमने यही बताना था बस इस क्वेश्चन में प्रूव करना था ए बी इज ए लाइन लाइन प्रूव करने के लिए हमने लीनियर पेयर को बता दिया लीनियर पेयर के जो एंगल का सम 180 आ गया तो वो लाइन पर ही बनता है ठीक है कर लो नोट करो इसको हाँ जी अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो आपसे क्या पूछा गया है पीओ लाइन जो जो दे रखी रे, जो रे है है है आपको क्वेश्चन नंबर में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ना आपकी o -R, o -R किस पे समझे ओ आर इज पर लाइन पी क्या, line, P, क्या ray, और जो ओ कोई अनदर रे है लिंग बिटवीन द रे ओ पी ओ एंड ओ जो ओ एस इज अनदर रे लिविंग बिटवीन जो ओ एस अनदर रे है किसके बीच में ओ पी एंड ओ आर के बीच में ओ पी और ओ आर के बीच में कोई अनदर रे है समझे प्रूव करना है हमने आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना जो गिवन है ना देखो अब गिवन क्या क्या दे रखे हैं ओ आर परपेंडिकुलर किस पे है ठीक है तो ओ आर किस पे है? देखो ध्यान से पीओ ओ ओ आर इज परपेंडिकुलर टू असपे पी O R परपेंडिकुलर पी क्या, o -R, perpendicular P, क्या अब P o R इसका क्या मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ध्यान से सुनना अगर किसी लाइन पर कोई परपेंडिकुलर की बात हो रही है ना इसका क्या मतलब है दोनों तरफ जो एंगल बन रहे हैं वो 90 नाइनटी डिग्री के क्रिएट हो रहे हैं जो दोनों तरफ जो एंगल बन रहे हैं तो बोथ साइड कितने के हमारे 90 डिग्री के इसको बोल जाओ आप मतलब इस तरफ जो एंगल बन रहा है ये भी 90 का इस तरफ जो एंगल बन रहा है वो भी 90 का समझ रहे हो अब सबसे पहले ये देखो पी ओ आर ठीक है एंगल पी ओ आर किसके इक्वल 90 डिग्री गए क्योंकि हमको पता है परपेंडिकुलर है आर ओ क्यू एंगल आर ओ क्यू इक्वल 90 डिग्री गए क्योंकि परपेंडिकुलर की रीजन है क्योंकि इसका क्या रीजन है ओ आर ओ आर परपेंडिकुलर किस पे है पी के ऊप ठीक है जी ओ आर किस पे है पी के ऊ पे बस रीजन दे दिया ओ आर परपेंडिकुलर बना रहे पी के ऊपर तो अब ध्यान से सुनना क्वेशन फर्स्ट अब अपने को क्या प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में आर ओ एस किसके इक्वल दिशा इक्वल अब पी ओ आर को क्या लिख सकते हो आप पी ओ आर मतलब इसको भूल जो इतने पोर्शन को क्या लिख सकते हो लेफ्ट साइड वाले को तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ओ आर की जगह पहले ये रहने देते हैं ठीक है तो अब इसमें क्या लिख सकते पी ओ को लिख सकते हैं हम एंगल पी मतलब पी इतना पोर्शन प्लस एस प्लस एस ओ आर किसके इक्वल 90 डिग्री के इक्वल अब देखो क्वेश्चन के अंदर आर ओ एस फाइंड आउट करना है आर ओ एस आर ओ एस अपने को मिल गया यहां पर एस ओ आर लिख दो या आर ओ एस लिख दो एक ही बात है लेकिन बस बीच वाला जो एंगल है ना ये चेंज नहीं करना इसको चेंज कर सकते हो फर्स्ट और थर्ड को आर ओ एस इज इक्वल टू नाइनटी माइनस इसको पीओ एस को आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ राइट साइड पे पीओ एस ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई समझे इतना समझ रहे हो ऐसे ही अब आपने जैसे ये क्रिएट करा था ना लेफ्ट साइड का अब आपने राइट साइड का देखना है मतलब इसका राइट साइड में क्या है आपका एंगल है आर ओ क्या वो कि ये किसके इक्वल था 90 डिग्री का समझ रही हो? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर की कंडीशन है है ना तो अब मेरे को ये बताओ ये परपेंडिकुलर बना रहा है ये 90 डिग्री का अब इसको क्या लिख सकते हो अगर मैं इस पूरे बड़े में से यहाँ से लेके इतने इतने पोर्शन को माइनस कर दूं, ये मिल जाएगा ना हमको मतलब यहाँ से ले कर तक इसको इसमें से इसको माइनस कर दें इतने पोर्शन को ये वाला पोर्शन मिल जाएगा अपने को इतना समझ रहे हो अब इसको क्या लिख सकते हैं अब इसको लिख सकते हैं हम आर ओ एस को मतलब क्यू ओ एस क्यू ओ एस क्यू ओ एस माइनस एस ओ आर माइनस एंगल एस ओ आर किसके इक्वल 90 डिग्री के इक्वल अब क्या करना है आपने इसको एस ओ आर या आर एस ओ आर एस ओ यही निकाल निकालने इसको राइट साइड पे ले जाओ क्यू ओ एस माइनस नाइनटी हो जाएगा 90 को यहां, ये ये नेगेटिव वाला राइट साइड पे एंगल ROS लिख दिया ये हो गया आपकी सेकंड आया कितना समझ नोट करो इसको अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में बस यही चीज दे रखी है ये परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आपको आ समझ क्या पूछ रखे हैं प्रूव करना है ये फिगर भी गिवन है अपने को बस आपने ये देखना है परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं मतलब ये राइट साइड वाला भी 90 लेफ्ट साइड वाला भी 90 तो आप इसको क्या लिख सकते हो इसको ये एडिशन करके लिख सकते थे अब इसको आप पूरे बड़े में से इतने को माइनस कर दोगे तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा कंडीशन तो पता ही है अब आगे क्या करना है इसके आगे यहां देखू अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आर ओ एस ये थे आर ओ एस ये थे अब हम कर देंगे इसको क्योंकि अपने को क्या बनाना है अगर टू आर ओ एस हो जाएगा तो टू नीचे चला जाएगा इसको एक एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कर दिया दोनों को फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी आर ओ एस आर ओ एस इसकी लेफ्ट साइड क्या है मतलब राइट साइड कुछ मर्जी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस नाइन्टी डिग्री समझ रहे हो मतलब इसको आर ओ एस को यहाँ लिख दिया इसको इंटरचेंज कर दिया इसको इक्वेशन सेकेंड ऐसे लिख लो बात एक ही है अब देखो लेफ्ट साइड इसकी लेफ्ट साइड इसकी लिख दे आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू इसकी राइट right साइड क्या थी नाइन्टी माइनस पी ओ एस और क्या थी एड कर रहे हो प्लस क्यू ओ एस माइनस नाइनटी अब देखो आर ओ एस प्लस आर ओ एस टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू नाइन्टी प्लस का कैंसिल हो गया माइनस प्लस माइनस कैंसिल अब क्या होगा यहाँ बचा कितना आपके पास बचा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस समझ रहे हो इतना अब आर ओ एस को तो लिखो यही एज इट इज इक्वल टू ये वन ये टू कहां चला जाएगा इसके नीचे इसको लिख सकते हैं वन अपोन टू ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस अब चेक करो यही प्रूव करना था ये वाला ठीक है क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना था यही प्रूव करना था आर ओ एस इज इक्वल टू वन अपोन टू ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस हैंस प्रूवड एंड में लिख देना हैंस प्र समझे अब मैं फटाफट दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको जब भी परपेंडिकुलर की बात आए लेफ्ट साइड भी 90 के इक्वल राइट साइड भी 90 के इक्वल अब आप इसको पी ओ पी ओ आर मतलब इसको बोल जो पी ओ आर को क्या लिख सकते हो मतलब ये भी 90 है आर ओ क्या हो नाइनटी गए और पी ओ आर भी 90 गए पी ओ आर को क्या लिख सकते हो पीओ एस प्लस एस ओ आर लिख दिया जो चीज़ रखनी है हमको इसको लेफ्ट साइड में रखो बाकी राइट साइड पे ले जाओ ऐसे ही अब राइट साइड को देखो इसको 90 इसको लिख क्या सकते हैं पूरे बड़े में से अगर मैं इस पोर्शन को माइनस कर दूं ये वाला पोर्शन मिल जाएगा अपने को ठीक है ये लिख सकते हैं लिख दिया है, हमने आर एस को अपनी तरफ रखना बाकी राइट साइड ऐड कर देना क्योंकि अपने को पता है अगर यहाँ पर टू होगा तभी नीचे डिवाइड में जाइएगा इसलिए ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो अपना आंसर है हेंस प्रूव कर लो नोट हाँ जी अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो इसमें क्या बोला गया आपसे इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी मतलब एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दो पॉइंट पी तक इ, इसमें आगे क्वेश्चन में लिख रखा है क्वेश्चन में ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करना है इसमें फिगर नहीं दे रखा ध्यान से सुनना जिसको फिगर आ गया बस क्वेश्चन कंप्लीट अपना अब सबसे पहले क्या दे रखे एक्स वाई जेड सिक्सटी फोर डिग्री एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पे मतलब जो एक्स वाई जेड कोई एंगल दे रखा है सबसे पहले एक्स वाई दे है अपने को यहाँ ये x ले लो ये y ठीक है ये पॉइंट क्या आपका z मान लो एक्स वाई जेड कितनी डिग्री का 64 का गीवन है एक्स वाई ये Y पर एंगल बन रहा है 64 का इसका क्या मतलब है एंगल Y कितना है 64 का एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दो मतलब आगे बढ़ा दो किस पॉइंट तक P पॉइंट तक एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट P पी समझिए इफ रे वाई क्यू जो Y जो वाई कहना Y वाई, वाई और क्यू मतलब को बाइसेकट कर रही है वाई क्यू बाई सेक्ट जेड वाई ये Z रहा ये Y रहा P रहा Z Z Y पी पर एक रे वाई क्यू ये Y है तो ये क्यू होगा समझ रहे हो बाइसेक्ट कर रही है फाइंड क्या करना है आपने दिस अब बस सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहले प्रूव क्या करना है टू प्रूव क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है आपने एक, एंगल एक्स वाई क्यू फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है आपने सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है इसके अंदर समझ रहे हो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ये है सेकंड में करना आपने रिफ्लेक्स क्यों वाई पी बस दो पार्ट प्रूव करने हैं ये आपका फिगर क्रिएट हो गया अब कुछ नहीं दे रखा इसको एंगल ए ले लो इसको भी एंगल ए ले लो आया समझ अब यहां देखो इन क्वेश्चंस में जो आपके 6.1 है एक्सरसाइज इसमें हमेशा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करो अब इस पर क्या कौन सी बन रही है लीनियर पेयर के एक्स वाई पी पर एक लीनियर पेयर बन रहे हैं फटाफट लगा दो तो क्या लिख सकते हो एंगल एक्स एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल Z, Y, Q, Z, Y, Q प्लस एंगल Q, Y, P, एंगल Q, Y, P कितने डिग्री का 180 डिग्री का X को यहाँ लिख लो 180 डिग्री समझे रीजन क्या है लीनियर पेयर हो गया इतना? अब क्या करना है इस लाइन को छोटा ही कर लो ना ये एक्स है आपका अब, अब ये लीनियर पेयर क्यों अब फटाफट एंगल बता दो इसके कितने हैं? इसपे कितने डिग्री का क्रिएट हो रहा है 64 का इसके नीचे 64 लिख दो तो प्लस इस कितने का हो रहा है एक्स ए मतलब ये पोर्शन ए इसके नीचे ए लिख दो ये कितने का हो रहा है इसको भी ए लिख दो मतलब ये 64 था ये ए था ये ए था इक्वल टू 180 डिग्री कितना हुआ ए प्लस ए सिक्सटी फोर प्लस टू ए इक्वल टू वन एट्टी को माइनस कर दो मतलब 180 में से 64 को माइनस कर दो तो टू ए इज इक्वल टू वन माइनस सिक्सटी बता दो फटाफट दस में से चार गए छ होते हैं अपना यहां पर कितना बचा सात वन वन सिक्स अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने तो एक्वल टू वन वन सिक्स डिवाइड बाई टू हो जाएगा टू फाइव ज टेन समझ रहे हो फिफ्टी एट डिग्री का तो ए कितना आ गया आपका यहां से फिफ्टी एट डिग्री ए की वैल्यू आ गई आपकी फिफ्टी एट की अब इसका मतलब जो ये एंगल था आपका कितना है, का है 58 डिग्री का ये वाला एंगल कितने का है 58 डिग्री का आगे इतना समझ ये तीनों मिला के कितना बना गया कितना मिला रहे हैं 180 डिग्री लीनियर पेयर सबसे आपने एक्स वाई क्यू अब क्वेश्चन को में पूछ रखे एक्स वाई क्यू कितना है एक्स ये वाई ये क्यों येरा मतलब आपसे ये पोर्शन पूछ रखे है ये वाला बता सकते हो सिक्सटी फोर कितना हुआ ये आपसे जो अब पार्ट वन में क्या पूछा गया आपसे फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया क्वेश्चन में एक्स वाई क्यू क्या, क्या लिखोगे इसको एक्स वाई क्यू को एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू जेड वाई क्यू तो ये आपका 64 का था इसके नीचे 64 लिखना यह फिफ्टी एट का था इसके नीचे 58 64 फोर प्लस फिफ्टी कितना होता है आठ और चार बारह एक समझ रहे हो छ छ बारह 112 समझ गए 64 और 58 ऐसे क्या करो ना पाँच और छ कितना होता है ग्यारह आठ और चार दस समझ रहे हो आठ और चार बारह एक छः सात सात और पाँच बारह 112 डिग्री का तो एडिशन आपने देखनी है कैसे ये समझिएगा अब क्वेश्चन में और क्या पूछा गया 64 फोर प्लस फिफ्टी आठ और चार बारह एक कितना हुआ अपना कैरी वन छ सात सात और पांच बारह बारह बोल रहा हूं लेकिन लिख ग्यारह दिया ठीक है तो एक सौ बाईस डिग्री का तो अब क्वेश्चन में देखो समझ गए अब क्वेश्चन में एक पोर्शन हो गया अपना दिस वाला क्वेश्चन में जो ये पूछ रखा था अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या पूछ रखे हैं आपसे रिफ्लेक्स आपसे पूछ रखे रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स कौन सा कौन सा रिफ्लेक्स का वाई रहा पी अब ये इसका रिफ्लेक्स पूछ रखे हैं अब ध्यान से देखना रिफ्लेक्स क्यू वाई पी क्या करोगे अब क्या रिफ्लेक्स एंगल को अब इसी में मैं आपको चेंजेस करके बता रहा हूं क्या करना है आपने इसमें आपसे क्या पूछा गया है इसको भूल जो सिर्फ इस सब को बोल जाओ फिकर को बोले ये बचा आपके पास कोई आपसे पूछेगा इसका इसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालो मतलब आपसे पूरा पूछा गया ये पोर्शन ये पोर्शन निकाल लें तो रिफ्लेक्स क्या हुआ एपी का अगर आप पूरे 360 में से इतने पोर्शन को माइनस कर दोगे आपका ये एंगल क्रिएट हो जाएगा तो थ्री में से थ्री में से अगर मैं कौन सा पोर्शन ये 58 वाला माइनस कर दू क्यू वाई पी ठीक है जी तो 360 सिक्सटी माइनस एंगल क्यू वाई पी माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा थ्री 360 माइनस फिफ्टी बता दो 360 में से 58 को कर दो माइनस समझ रही हो अगर ये एंगल प्लस 58 मिलकर कितना बना रहे हैं 360 बना रहे हैं ठीक है अगर मेरे को ये एंगल मिल जाएगा और 58 और ऐड कर दूंगा टोटल 360 हो जाएगा अब मैं 360 में से 58 को माइनस कर दूंगा तो ये एंगल मिल जाएगा मेरे को यही पूछा है रिफ्लेक्स ये तो रिफ्लेक्स हो नहीं सकता ये कौन सा है एक्यूट एंगल है ठीक है रिफ्लेक्स तो हमेशा 180 से बड़ा होता है और थ्री से छोटा होता है तो दस में से आठ को माइनस कर दो कितना आया टेन माइनस एट यहां पर कितना बचा फाइव फाइव माइनस फाइव ठीक है जी यहाँ पर 302 आपका क्या है आंसर तो 302 डिग्री आ गया आपका आंसर जो रिफ्लेक्स कितना आंसर आया 302 ये चीज को समझे कर लो नोट करो इसको बस इस क्वेश्चन में यही आपके पास पूछा गया था अब मैं फटाफट बता रहा हूं करना गया इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था सबसे पहले ये 64 गिवन दे रखा था एंगल ड्रॉ करना ठीक है डायग्राम फिगर बना देना उसके बाद ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगेगी पूरे जो आपके 6.1 है लीनियर पेयर की लगेगी या रिफ्लेक्स की रिफ्लेक्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है प्लस इसके अंदर भी बता रखा है क्वेश्चन फर्स्ट में भी आपको एक्सप्लेन कर रखे है कैसे मतलब ये रिफ्लेक्स नहीं होगा एंगल तो ये आउटर पोर्शन पूछ रखा है ठीक है और ये पूरा कंप्लीट 360 में से अगर इसको माइनस कर देंगे इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो फाइंड किया है ना हमने ये आ गया थ्री डिग्री का ये 302 का है थ्री प्लस 58 मिलके कितना बना रहे हैं 360 प्लस 58 मिलके ठीक है जी ये 360 का बना रहे हैं बस यही चीज बताना चाह रहे थे रिफ्लेक्स और पूछा था आपसे दूसरा एंगल हमने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ